बने मातराम गाइस पहली बात बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं स्टडी से पता चला है कि जब एक बच्चा माँ की पेट में होता है शुरू से पाँच सात हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी कि एक लड़की ही होती है यानि कि दुनिया में जितने भी इंसान थे एक पॉइंट टाइम पे फीमेल ही थे पाँच सात हफ्तों के बाद उनके अंदर ऑर्गान डेवलप होने लगता है गाइच ये आपको साइंटिफिक फैक्ट जानकर कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कीजिए दूसरी बात गाइच रेडबुल के बारे में एक अमेजिंग सा बात बताता हूँ ये बात है 2015 की बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेडबुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया मैं पिछले 10 सालों से रेडबुल पी रहा हूं लेकिन मेरे तो कोई पंख आया ही नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ यूँ था उस टाइम में क्लाइन था रेडबुल गिव यू वेडबुल मतलब पीते हैं तो आपका पंख निकलता है उस बंदे का कहना है कि मैं पिछले दस सालों से रेडबुल पी रहा हूँ लेकिन मेरे तो पंख आए ही नहीं सही में ये एक मजाकिया चीज़ नहीं था उस चीज के लिए रेडबुल ने उस बंदे को उस टाइम पे तेरह मिलियन डॉलर यानी कि नब्बे करोड़ रुपया हर में देना पड़ा रेडबुल के बारे में ये अमेजिंग बात आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए तीसरी बात माइकल फिलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अली अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में आठ गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे फिर क्या था मीडिया और पब्लिक ने उनका मजाक करना शुरू कर दिया इन्ही लोगों की बातों को अपना मोटिवेशन पावर बनाया और बारह बारह घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे अचानक एक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ फ्रैक्चर हो गया डॉक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि आप अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे लेकिन अपने पागलपंती के आगे ये मुसीबत कुछ नहीं था उसने पैरों से स्विमिंग करने की प्रैक्टिस किया और अपने पैरों को मजबूत किया जब उनका हाथ ठीक हुआ तो और भी पागल करने लगे और ज्यादा स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे फिर क्या था अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल आठ गोल्ड मेडल जीतकर सबको खामोश कर दिया इसे हमें सीखने को मिलता है कमेंट करना है पब्लिकली करो लेकिन उससे पहले कमेंट को खुद को करो और अपने अंदर जिंदा रखना सीखो ऐसी अमेजिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद